भारत से ब्रिटेन में लगभग एक लाख तीस हजार बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं ब्रिटेन की महंगाई की वजह से विदेश में पढ़ने वाले इन बच्चों को दो वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो रहा है इनमें से 30 प्रतिशत छात्र एक टाइम का खाना खा रहे हैं और तिरसठ प्रतिशत छात्र अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं जब कोई अपने घर अपने परिवार और अपने देश से दूर रहता है तो सबको उसकी फिक्र होती है भारत से लाखों बच्चे अपना देश छोड़कर विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं ब्रिटेन में लगभग एक लाख तीस हजार बच्चे भारत से पढ़ने के लिए गए हैं ये बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और लोन लेकर पढ़ाई करने गए हैं आपको बता दें विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को दो वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो रहा है जिसकी वजह ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई को बताया जा रहा है तैतीस स्टूडेंट सिर्फ एक वक्त का खाना ही खा पा रहे हैं वही तिरसठ स्टूडेंट खाने और अन्य चीजों में कटौती कर रहे हैं